नमस्कार आज के इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है आज हम ड्रग्स माफिया पर चर्चा करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देश के सम्मानित रिटायर्ड आई ए ऑफिसर प्रताप सिंह ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि अडानी की निजी पोर्ट से 3000 हज़ार ग्राम हीरोइन जब्त किए गए हैं जिसका बाज़ार में नौ करोड़ रुपये कीमत बताया जाता है यह करनामा यह करनामा किसी सरफीरे कस्टम ऑफिसर ने कर दिखाया है अब इतना ही नहीं भारतीय मीडिया के लिए यह कोई खबर नहीं है भारतीय मीडिया इसे आम खबर समझकर चुपचाप है इसे साफ सुन गया है आप सोच रहे होंगे कि मीडिया को पता नहीं चला होगा तो गलत फहमी पाल रहे हैं जनाब क्योंकि भारत के गलत फहमी मीडिया इसीलिए खबर को नहीं चला रही है कि ये क्योंकि ये हीरोइन नरेंद्र मोदी के भाई दोस्त जनक भारत का मालिक अडानी के पोर्ट से जब्त किया गया है अब कोई अपने मालिक का निंदा कैसे कर सकता है भला इसीलिए भारत के ग़ुलाम मीडिया चुप्पी साधे जय श्री राम का नारा लोगों से रगवा रही है और ये खबर नहीं चला रही है इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं समझे होंगे अपना दिमाग खोलिए जनाब तब देश बचेगा नरेंद्र मोदी इसलिए भारत के सभी पोर्ट रेलवे स्टेशन शहर गोदाम अडानी को बेच रहा है ताकि अडानी अपने फ़ायदा अनुसार व्यापार करे जैसे अंग्रेजी कंपनियाँ गुलाम भारतीय गुलाम था उस समय के समय के अंग्रेजी अंग्रेजी कंपनियां व्यापार करती थी भारत में वैसे ही व्यापार अडानी और अम्बानी मिलकर भारत में करने वाले हैं आगे के समयों में हम सब नेहरू इंदिरा गांधी राजीव गांधी मनमोहन सिंह और गांधी और अम्बेडकर को दोष देते रहिए और लड़ते रहिए और यहाँ मोदी अम्बानी और अडानी मिलकर भारत में फिर से अंग्रेजी के समय अंग्रेजों के समय की जिम्मेदारी व्यवस्था लाने के सारे इंतजाम कर चुका है ये 3000 किलोग्राम हीरोइन पकड़ा जाने का मतलब साफ है कि देश में बड़ा व्यापार चल रहा है देश के ग्रामीण स्तर के युवाओं को ड्रग्स के नशेड़ी बनाने की साजिश रच दी गई है यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद